ये कहानी एक ऐसे अमीर आदमी की है जो अपना जुए में सब कुछ हार चुका था अब उसके पास बचा था तो सिर्फ बीएमडब्ल्यू उसने अखबार में इश्तेहार दिया कि जो भी उसकी बेटी से शादी करेगा वह उसको दहेज में बीएमडब्ल्यू देगा अबे ये देख ये क्या खबर छपी है दहेज में बीएमडब्ल्यू मिलेगी तेरा भाई इसी ऐसी शादी करेगा अब तो क्या बता भाई लड़की में कुछ कमी हो अ लड़की ऐसी क्या मतलब है हमें तो शादी बी एम करनी है बाबूजी, मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी वो भी बिना किसी लालच के सची मेरे बच्चे बस एक बात पूछनी थी ये जो आपने अखबार में इश्तियार दिया है बी पर क्या ये सच है हाँ मेरे बच्चे तो बाबूजी, हो सके तो कल ही शादी कर ले। बाबुल की दुआएं। शुक्रिया मेरे बच्चे गरीब की बेटी का हाथ थामने के लिए जाओ मेरे बच्चे जीले अपनी ज़िंदगी वो सब तो ठीक है लेकिन वो बी एमडब्ल्यू वाली बात पे साइन कर दो बी एमडब्ल्यू मंगवा देते अरे बीएमडब्ल्यू इधर आना सर बुलाने से आ रही है लग रहा टैसला मारुति वालों की बी एमडब्ल्यू है जी जा जी, जी जा जी, जी जा जी। ये तीनों कौन है <laughs> अरे यही तो है मेरे BMW B से से M बी एम डब्लू बी ओ मेरी जॉन अब जब शादी हो गई तो सुहाग रात तो मनाई लूंगा बेटा जो तुम सोच रहे हो ना ऐसा होने का ना है क्यों? क्योंकि इन तीनों को अपनी दीदी के बिना नींद नहीं आती बीच में सोएंगे <laughs> मेरे तो गए लग लगता है मेरे साले बाहर गए हैं यही मौका है स्वागरात मनाने का है जी जी जा सब सो गए फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं गुड नाइट ए फ्यू मोमेंट्स लो गेम ओवर ये बदबू किसकी आ रही है अबे से काम नहीं कर सकती क्या देख ली ना इतनी देर से गैस चल रहा है दूध फट चुका है ओ हेलो गलती मेरी नहीं गलती तुम्हारी सिलेंडर की है हैं? वो कैसे जब से तुमने सिलेंडर लगाया है ना तब से तीन बार दूध फट चुका है और रुको अभी तो दूध फटाए अभी तुम्हारी फटवाती हूँ भैया जीजा हमारी बहन से फालतू बोलेगा ना तो काट देंगे मार देंगे मार देंगे और मेरी बात सुन बर्तन वो गंदे करेगी धोएगा तू कपड़े वो गंदे करेगी धोएगा तू छट्टी वो करेगी धोएगा तू दिन मारते पी एम डब्ल्यू के नाम पर तीन तीन सुबह दे दिया भैया चाहे तुम्हारी बहन आते है मेरी बहन बाकी सलामकुम आयोगी माँ